हेलो गाइस आज आपको हम बताने वाले हैं कि आप जो जेपीजी फोटोज होता है या फिर कोई भी फाइल होती है उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं या वर्ड में कन्वर्ट कैसे करते हैं तो आइए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए जरूर कीजिए और आपको कंप्यूटर चैनल में स्वागत है तो आपको गूगल खोलना और वहाँ पे सर्च करना है आई PDF. तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं जेपीजी टू पीडीएफ मर्ज पीडीएफ फाइल कोई भी पीडीएफ फाइल आप उसे मर्ज कर सकते हैं पीडीएफ टू जेपीजी पीडीएफ फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर मतलब पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना कोई भी आपकी फाइल आपने पीडीएफ बनाकर भेजनी हो और आपको उसको एडिट करना तो आप वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्रेस पीडीएफ फाइल मतलब कि उसको छोटा या बड़ा करना है उसको जो फाइल होती है एमबी को छोटा है आप बड़ा करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए और इसमें कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई ऑप्शन है मर्ज पीडीएफ स्प्लिट पीडीएफ मतलब कि बड़ा करना को उसके साइज को बड़ा करना और कंप्रेस उसके साइज को छोटा करना पीडीएफ टू वर्ड पीडीएफ टू पावर प्वाइंट तो मैं आपको करके बताता हूँ की कैसे करना है आपको यहाँ पे करना है जेपी जी में ले लेते हैं तो यहाँ पर क्लिक, क्लिक करना कोई भी वाटर मार्क एनी बट कोई भी वाटर मार्क आना तो आप वाटर मार्क भी लगा सकते हैं तो मेरी ये फोटो है मैं इसको कर देता हूँ तो ये मेरे को पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी मैंने यहाँ पे कर दिया ये तो ये मेरी पी में कन्वर्ट हो चुकी है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वैसे ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगी लेकिन आपको डाउनलोड पर ये यहाँ पे कार्ड डाउनलोड हो चुकी है तो आपको इस पर क्लिक करना है और आप से यहाँ से देख सकते हैं ये तो आप यहाँ से इसे यह देख सकते हैं कि क्या है कैसे कन्वर्ट हुआ है कितना साइज है यहाँ पे कई ऑप्शन है आप यहाँ पे आइए पी डी यहाँ पे जाएंगे होम पे हम पहुँच हैं। यहाँ से आप वाटरमार्क लगा सकते हैं इमेज पर अपना वाटरमार्क लगा सकते हैं अनलॉक पी कोई भी फाइल यदि आपकी पासवर्ड है तो वो अनलॉक हो सकती है प्रोटेक्ट पी मतलब एफ इस पासवर्ड लगा सकते हो आप ऑर्गेनाइज मतलब HTML टू PDF कोई भी फाइल है PDF HTML में उसको PDF बनाना है रिपेयर पीडीएफ डैमेज तो जो PDF फाइल होती है उसको रिपेयर करता है और साइन PDF उस पर साइन करना ये भी इसी पर सारी चीजें इस पर आपको मिल जाएंगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना धन्यवाद